वेलकम बैक आज आप नहीं चाहते तो तो बटन को दबाने के बाद उस घंटे बटन को भी दबा देना ठीक है पता नहीं है चाय कैसी बनेगी राम जाने तेरे रोबड़ा बन जाए हलवा बन गया चाय की पत्ती का और दिस सॉन्ग है बहुत ये कोट लाइक है तो 150 150 इसका एक एक काफी चलो बेटर सॉन्ग है ओ ओ ओ ओ भाई चाय में तो नीम की वो पत्तियां आगे हो गए मैं